क्या आप जानते हैं सोशल मीडिया पर सिर्फ एक गाना गाकर हर तरफ सनसनी मचाने वाले सहदेव दीर्दो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाले हैं स्कूल के दिनों में गाया गया गाना बचपन का प्यार सोशल मीडिया पर इस कदर छाया हुआ है कि एक गाने की बदौलत आज इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है